हाल ही में ब्रिटेन में एक पुलिसकर्मी को 24 रेप और उनचास ऐसे ही मामलों का दोषी माना गया है पर ये कोई पहला मौका नहीं है जब वर्दी की आड़ में किसी शख्स ने दरिंदगी की हदें पार की हों इससे पहले रूस के मिखाइल पोपकोव का ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर कर दिया था इस शख्स ने 200 महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी जाने इंसानी भेड़िया कहे जाने वाले इस शख्स की खौफनाक कहानी ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक साइको किलर मिखाइल की जिसे औरतों के जिस्म का नशा था और उसे नशा था उनकी चीखें सुनने का जिसके बाद उसने औरतों के जिस्म का इस्तेमाल कर उन्हें बेरहमी से मारना अपना मकसद बना लिया था मिखाइल पोपकोव को रूस का इंसानी भेड़िया कहा जाता था वह रात होते ही शहर में अपनी प्यास बुझाने निकल पड़ता था महिलाओं के सामने पहले वह अपनी पुलिस की वर्दी में आकर उनका भरोसा जीतता फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता और मन भर जाने के बाद उनकी हत्या कर देता उन्नीस से 2002 तक 10 सालों में इसने रूस के अम्बासर्क शहर में हैवानियत की हदें पार कर दी थीं इस दौर में इस शहर में महिलाओं की निर्वस्त्र लाशें मिलने से सनसनी फैल गई थी साइकोरेपिस्ट और किलर की वजह से उस दौर में महिलाएं अकेले चलने से भी डरने लगी थी थीं महिलाओं का रेप और उनकी बेरहमी से हत्या करने का पैटर्न एक सा था इससे पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये काम किसी साइको किलर का है पर लंबे समय तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा क्योंकि वह खुद घटनाओं को अंजाम देने के बाद वर्दी में घटनास्थल तक जांच अधिकारी बनकर पहुंच जाता और खुद सबूत मिटा देता था पुलिस ये बात भी समझ चुकी थी कि ये हत्यारा मानसिक रूप से स्थिर नहीं है क्योंकि उसने लगभग दर्जनों महिलाओं का रेप किया और फिर उन्हें तडपा तडपाकर मार दिया कभी वह महिलाओं का सिर हथौड़े से फोड़ देता था तो कभी कुल्हाड़ी से शरीर पर गहरे घाव बनाकर तब तक तड़पाता था जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी लगातार होती इन भयानक हत्याओं से अमदासर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे इसी बीच मिखाइल के कुछ साथी ही पुलिसकर्मियों को उस पर शक हो गया था जिसके बाद मिखाइल ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया हालांकि वह ज्यादा दिन नहीं बच सका दरअसल पुलिस को एक लड़की के शव के पास उसकी कार के टायरों के निशान मिल गए थे शक के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों ने टायरों का मिलान किया और उनका शक सही निकला इसके बाद मिखाई को गिरफ्तार कर उससे कड़ी पूछताछ की गई मिखाइल ने सभी रेप व हत्या की घटनाओं को करना स्वीकारा और बताया कि वो अक्सर बार के बाहर अपनी कार और वर्दी के साथ खड़ा रहता और लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने साथ ले जाता अगर कोई लड़की उससे लिफ्ट लेती तो वो उसके जीवन का आखिरी दिन होता मिखाइल अपनी ही कार में जबरन लड़कियों से संबंध बनाता और फिर कुल्हाड़ी या हथौड़े से उन्हें मार देता उसने इस बात को स्वीकारा कि लड़कियों को तड़पते देखना और उनकी चीखें सुनना उसे सुकून देता था मिखाइल ने कुल तिरासी लोगों की हत्या करना स्वीकारा पर ऐसा माना जाता है कि उसने 200 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं का रेप कर उन्हें मारा मिखाइल फ़िलहाल रूस की जेल में उम्र कैद काट रहा है